हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रिव्यू एक नज़र दोस्तों सुनील शेट्टी की अपकमिंग वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा का टीजर रिलीज हो चुका है इस एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज में सुनील शेट्टी एसीपी विक्रम सिन्हा का किरदार निभाते दिखेंगे सीरीज का टीजर सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है इसके साथ ही कैप्शन में लिखा बाईस मार्च इंतजार खत्म बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा को लेकर सुर्खियों में है एक्टर की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है उनके फैंस उनकी इस बेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं काफी वक्त के बाद सुनील शेट्टी एक्शन करते नजर आएंगे वहीं अब सुनील के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है एक्टर की आने वाली वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा की रिलीज डेट फिक्स हो गई है इस एक्शन थ्रिलर सीरीज में सुनील शेट्टी ए विक्रम सिन्हा का किरदार निभा रहे हैं टीजे में आप देख सकते हैं की कैसे अन्ना बदमाशों ऐसी अकेले ही लोहा लेते नजर आ रहे हैं वहीं इस प्रोमो में ईशा देओल और बरखा बिष्ट भी मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने अपने इस शो के बारे में बताते हुए कहा कि एक्शन एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो हमेशा से जुनूनी रहे हैं और हंट टूटेगा नहीं तोड़ेगा मुझे उस जुनून के साथ शूटिंग करने में सहयोग कर रहा है मैं पहले से ही ए विक्रम सिन्हा का बहुत बड़ा फैन हूँ उन्होंने विक्रम सिन्हा की तारीफ करते हुए कहा कि वह वन मैन आर्मी है हमने उनके बहादुरी के कई किस्से सुने हैं कैसे उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम चलाकर मुंबई में गुंडाराज खत्म किया बता दे कि हंटर सीरीज की स्टोरी लाइन एक्शन थ्रिल से भरपूर होने वाली है सीरीज के अंदर बैकग्राउंड में जो गाना बजता रंगबर से भी की चुनर वाली रंगबर से जो काफी जबरदस्त लगा सीरीज में सुनील शेट्टी को एसीपी विक्रम सिन्हा के किरदार में मुंबई में अपराध की दुनिया की अंधेरी गलियों में ले जाती है एक गुमशुदा महिला को खोजने की कोशिश उसे अपने अतीत और आने वाले कल के बीच में उलझा देती हैं दोस्तों अन्ना ने सीरीज का टीजर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए इसके साथ ही एक कैप्शन भी जोड़ा है एसीपी विक्रम को रोकना है तो ठोकना पड़ेगा दोस्तों सीरीज में राहुल देव मेह राहूजा टीना सिंह चाहत तेजवानी करणवीर शर्मा सिद्धार्थ खेर गागी सावंत और पवन चोपड़ा भी नजर आने वाले हैं प्रिंस धीमान और आलोक बत्रा के डायरेक्शन में बनी यह सीरीज बाईस मार्च को अमेजॉन पर रिलीज होगी दोस्तों काफी लंबे समय के बाद अन्ना को एक्शन सीन करते हुए देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। दोस्तों सीरीज को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय